आमतौर पर पुलिस वालों की नेगेटिव छवि सामने आती है लेकिन सिंगरौली में जब मजबूरी वश कुछ लोग एक शव को खाट पर रखकर सीधी ले जा रहे थे तो एक पुलिस वाले ने दरियादिली की मिसाल पेश की और शव के लिए वाहन का इंतजाम करवाया और उसे सर सम्मान घर तक पहुंचाया। सिंगरौली जिले से खाट पर ले जाए जा रहे शव को सीधी जिले के भुईमाड़ थाना प्रभारी आकाश सिंह राजपूत ने वाहन व्यवस्था कर मृतक के शव को घर तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य करते हुए अपनी दरिया की मिसाल पेश की बोईमाड़ थाने के प्रभारी आकाश सिंह राजपूत ने बताया कि मनमोहन सिंह कुश्मी जिला सीधी की मृत्यु बीमारी के कारण सीधी जिले के सटे सिंगरौली में अपने बेटी दामाद के घर पर हो गई थी जिसके बाद परिजन शव को चारपाई पर लेकर सीधी जिले के लिए रवाना हुए जैसे ही खबर बोईमाड़ थाना प्रभारी आकाश सिंह राजपूत को मिली उन्होंने आनंद फानंद में वाहन व्यवस्था कर शब को वाहन से उसके घर तक ससम्मान भिजवाने का कार्य किया मुझे ये सूचना फोन के द्वारा मिली थी कि एक थाना भोईमाड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेदों के मनमोहन सिंह हैं जो बीमारी से सरई में खत्म हो गए हैं उसकी जैसी मुझे सूचना मिली कि सबको एक खाट के द्वारा ले जाया जा रहा है तब मैंने त्वरित कार्रवाई के करते हुए और अपने सौ वाहन की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जब उसमें देरी होते हुए दिखाई दी